Do <laughs> all. ललित कोम के तन पे हमेशा सूट बूट और टाई हो ललित कोम के तन पे हमेशा सूट बूट और टाई हो आदि कोम के तन पे हमेशा सूट बूट और टाई हो सूट बूट और टाई हो सदा साधुओं को माथा टेका सालों साल से झोली भर जाए बाबा कर माला माल दे कभी जादू कभी टोना कभी यज्ञ करवाया कभी जादू कभी टोना कभी यज्ञ करवाया बच्चे बन जाएं डीसी ऐसा धागा डाल दे ज्योति मंजिल सही वहाँ देखा नहीं ज्योति मंजिल सही वहाँ देखा नहीं ज्योति मंजिल सही वहाँ देखा नहीं यूनिवर्सिटियों में कभी माथा देखा नहीं में कभी माथा देखा नहीं उन्हें कॉलेजों में कभी ही oh. yeah. में कभी माथा टेका नहीं देखा नहीं तेरा एका कहीं राही देखा नहीं तेरा एका कहीं तूने कॉलेजों में कभी माथा देखा नहीं यूनिवर्सिटियों में कभी माथा की इक्यम वेद कल हमें और दे, दे एक कर हमें देख शिक्षा की हमें अभी कमी है कूमी खजाना मौ वन वाल्मीकि वेद कर हमें और दे हमको तो बस चाहिए ज्ञान ज्योति हमको तो बस चाहिए ज्ञान ज्योति अज्ञानता के मिटा दे अंधेरे शिक्षा भरी ऐसी बोर दे है भगवन वाल्मीकि वेद कर हमें और दे दिलाया मंदिर में पूजा का हक भी दिलाया वो अधिकार फिर से लूटे जा रहे हैं कैसे बचाएंगे चोर से है भगवान वाल्मीकि वेद कर हमें और दे। अशूतो से अभी चुछात होती याद कर को मत अशुतों से अभी चुछात होती अशूतो से अभी सुहाशत होती भारत के राजा फिर से बने हम फिर से सुहाना दो दे भगवन वाल्मीकि इक यंग वेद कर हमें और पहुंचे लेकिन गरूर आया, शिक्षा के शिखर पर पहुंचे लेकिन गरूर आया। एहसास था गुलामी का शाही पदों को ठुकराया भारतीय संविधान के निर्माता वीर श्रोमणी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने न मंदिर न मस्जिद न आती हुई नींद को समय दिया केवल दलित समाज और दबे कुचले लोगों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त कर हमें हमारा सम्मान दिलाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन कौम के लिए न्यौछावर कर दिया कोटि कोटि नमन है ऐसी महान विभूति को ना मंदिर ना दर गिर को वक्त पढ़ाई को दिया सारा वक्त पढ़ाई को शिक्षा जिन समाजों में रहा जीवन का ताजों में जीवन जीवन ताजों ताजों में में सोचा पीछे रहना जाए भीम की लगन किताबों में भीम की लगन किताबों में भीम की लगन किताबों में बड़ी चिट्ठी घर से आई को था पत्नी रमाबाई को बीमार पड़े थे सब बच्चे ना पैसा पास दवाई को दुख दलितों की पड़ता दुख दलितों की पड़ता दिया भीम ने वक्त पढ़ाई को भीम ने वक्त पढ़ाई को सारा वक्त पढ़ाई को आ, मंदिर ना घर भी तरा मेहनत से पढ़ना मेहनत मेहनत से से पढ़ना से पढ़ना छोड़ गए जो काम मधूरा आज वचन दो पूरा करना आज वचन दो पूरा करना कर सजदा रतन्य राही को दलितों की वो बनाई को नारी हक बराबर का संविधान में लिखा सचाई को दुख दलितों की अनपढ़ता दुख दलितों की अनपढ़ता दिया भीम ने वक्त पढ़ाई को भीम ने वक्त पढ़ाई को दिया सारा वक्त पढ़ाई को जाना अपने दुख का गम ना लाना अपने अपने दुख दुख का का गम गम लाना लाना हटे ना पीछे बाबा साहेब क्या जुलम क्या गे सीना ताना <ग्णारा> <ग्णारा> का भीम तबाही को इस छुआ बुराई को सर ऊँचा कर गए दलितों का पूछो अनजाना भाई अनपढ़ता दुख दलितों की अनपढ़ता अन दिया भी वक्त पढ़ाई को भी वक्त पढ़ाई को सारा वक्त पढ़ाई को मंदिर को ना को ना मंदिर ना को ना न समिया ने को रात क्यों नी की लड़ता हूँ ले लेंगे हिम्मत से सारे ले लेंगे हिम्मत से सारे ले लेंगे हिम्मत से सारे ताज तख्त दलितों का होगा सास गरीबी जुदा थे बच्चे बद नसीबी बच्चे बद नसीबी जुदा थे बच्चे बद नसीबी छुआ छात का बैरी हाकम दंड लगाया करो सफाई काम बताया करो करो सफाई सफाई काम बताया करो सफाई काम बताया न सड़कों पे शुदर थूके बांध के डिब्बागल में पाया आंखों में समता की आंखों में समता की जय जय जय जय जय जय जय जय जो मस्जिद की चौदह सन अठारह सौ इक्यानवे एक, एक मसीहा जन्मा था के में, आ, आ, आ, आ, आ, आ। तो आन में। की जब अठारह एक मसीहा जन्मा था में ये मोहका धन्यवादी को जिसने ऐसा डाल भी जागे जाति पात की जड़ को जिसने रखड़ा लाल लाके के कुछ हो जिस को कौन कभी रत्न तू साधु वरदानूल भूष तुम सकल विद्याति शास्त्रा सन्मति से तू पंकजा स्वजन जा है तू तू उद्धरा भगवंत भक्त शाही को तूने बुद्धि की राह दिखाई शिक्षा भूमि नागपुर में दीक्षा उन्हें दिलाई शिक्षा तो तो तो को तू दिखाई शिक्षा भूमि नागपुर में दीक्षा उन्हें दिलाई इतने हैं उपकार तुम्हारे कोई कैसे बाँचे चौदह सरार वो महल का पानी पिया हो जाके शत्रु को अस्तित्व मिला रहे मिलाई तेरी मुहिम बाबा जय जयवी जय जयवी बा